जी नीनू जी सुबा इन सब मानती न भारे कष्ट और बारे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद निनो न जियु हनिनो दिसु बाबा निन सबु दिन अड़क कु भारे आ भा, भारे आहाना नग्ने की आतिक तो गदुदुरे Jio ti na jio ti, bar pa punar hoti. Dukuti, bar dukuti, nangi nangi pa hoti. Jio ti na jio ti, bar pa punar hoti. Dukhbareon, jiswaab, naraani, tananenge, jin kiye ti, thane baal, thane baal, thane baal, thane baal, thane baal, thane baal, thane baal. Let's go by.